हाय फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम क्विक और आज हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स ये चौदह मार्च दो हज़ार तेईस का है और आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स और आप लोगों की तैयारी हमें उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी आप लोग हमारे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दिया करिए कि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी फ्रेंड्स तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट में ये कि देखिए ये पंचानवा आज का पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं सर्वाधिक पुरस्कार मतलब सात पुरस्कार जो है सर्वाधिक पुरस्कार सात पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो किस फिल्म को प्राप्त हुआ है वो तो इसमें देखिए चार ऑप्शन है ऑप्शन ए में है एवरी थिंग एवरीवेयर ऑल एडवांस इसको शॉर्टकट में कहते हैं ई एव एवरी थिंग एवरीवेयर ऑल एडवांस ऑप्शन बी है आर आर आर अर्थात ट्रिपल आर <coughs> ये भारत की फिल्म है और ऑप्शन सी में है आल क्वेट ऑन देशन फ्रंट और ऑप्शन डी है द एलिफेंट विस्पर्स चार ऑप्शन दिए गए हैं चार फिल्मों के नाम हैं तो किस फिल्म को ये सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं आप लोग बताइए तो देखिए ये ऑप्शन ए में है ये इसको सर्वाधिक पुरस्कार सात पुरस्कार प्राप्त हुए हैं एवरी थिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ई ए को इसमें कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है तो देखिए इसमें पहला है तथ्य कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये ई e -E, ए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है पूछ लेता है एग्जाम में <coughs> सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं डेनियल क्वान व डेनियल ये निर्देशक हैं और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ई e. के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नहीं मतलब आस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है तो वो है ब्रेंडन ब्रेंडन फ्रेजर और किस फिल्म के लिए उन्हें दिया गया है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डी वेल डी वेल फिल्म है उसके लिए ये ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस फिल्म के निर्देशक को मिला है ये ई ए ए की ये फिल्म है और इसके निर्देशक है डेनियल क्वान व डेनियल सेनाट दो लोग हैं जिनको साथ साथ में ये पुरस्कार मिला है अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो हो गए अब नम बारी आती है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अभिनेता के साथ अभिनेत्री लगी रहती हैं इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बारी है तो ये हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिसेल योग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है पंचानवे व आस्कर का आस्कर का पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किससे दिया गया है तो ये हैं मिसेल योग और किस फिल्म के लिए इनको मिला है किस फिल्म में काम की हैं तो ये हैं ई ए ए नेक्स्ट देखते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या इसी में तथ्य जो है थोड़ा ध्यान देने वाली इसमें बात है कि ये भारत बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मतलब भारत में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किस फिल्म को मिला है तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है नाटू नाटू सॉन्ग है ये आर आर आर फिल्म का सॉन्ग है इसी सॉन्ग को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार और म्यूज़िक दिया है एमएम MM कीरवानी ने और लिरिक्स किसने लिखी है ये चंद्र जी ने लिखा है तो ये म्यूजिक एमएम MM कीरवानी की है और लिरिक्स चंद्र की है नेक्स्ट देखते हैं इसी में ये भारत का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला है ट्रिपल आर फिल्म को ट्रिपल आर फिल्म में जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको मिला है बेस्ट औरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार और नेक्स्ट है कि भारत की ये फिल्म है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है ये भारत की है उस फिल्म का क्या नाम है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो भारत की उस फिल्म का नाम द एलीफेंट विस्पर्स द एलीफेंट विस्पर्स उसका नाम है तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसको भी पुरस्कार मिला है द एलीफेंट विस्पर्स को द एलीफेंट विस्पर्स के निर्माता कौन है तो वो हैं गुणित मोंगा गुणित मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता हैं और निर्देशक निर्देशक कौन है ये हैं कार्तिकी कार्तिकी गोंजालवीस तो ये निर्देशक हो गए तो फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग ये दोनों भारतीय फिल्में हैं अब बारी आती है नेक्स्ट की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म देखिए यहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म था ये ध्यान रखिएगा जिसमें शॉर्ट फिल्म लगा हुआ है वो भारत की है और उस फिल्म का क्या नाम है दी एलीफेंट वस्पर्स और ये डॉक्यूमेंट्री फ... बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है ये शॉर्ट फिल्म है और ये फीचर फिल्म है तो ये बड़ी फिल्म है वो छोटी फिल्म है भारत वाली जो है छोटी फिल्म है शॉर्ट फिल्म है और उसका क्या नाम है दी एलीफेंट वस्पर्स नाम है और ये जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है उसका क्या नाम है उसका नाम है आल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट इसका नाम है आल क्वाइट ऑन देशन फ्रंट इसका नाम है तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये शार्ट फिल्म है और ये एक जो है फीचर फिल्म है फीचर फिल्म का नाम जो है वो है आल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड है कि सर्वप्रथम आस्कर पुरस्कार कब दिया गया था सर्वप्रथम आस्कर पुरस्कार कब दिया गया था इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया गया है आप लोग भी अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए हमेशा बार बार आप लोगों को कहना ही पड़ता है ये देखिए ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में दिया गया है ये सोलह मई उन्नीस को सर्वप्रथम आस्कर पुरस्कार दिया गया या फिर 15 जून 1930 को दिया गया या फिर 16 मई 1932 को दिया गया या फिर 15 जून 1935 को दिया गया कब सर्वप्रथम आस्कर पुरस्कार दिया गया आपने अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों का वक्त ले, न लेते हुए यहाँ पे मैं आप बताती हूँ कि ये सबसे पहले सोलह मई उन्नीस को आस्कर पुरस्कार दिया गया था इसमें कुछ तथ्य हैं इसमें इससे संबंधित आस्कर पुरस्कार पहली बार ये सोलह मई डेट भी दिया गया है 16 मई उन्नीस को दिया गया जो यही क्वेश्चन ऊपर है अब इसी से संबंधित नेक्स्ट देखते हैं कि आजकर पुरस्कार मोशन पिक्चर आर्ट साइंसेज अकादमी द्वारा दिया जाता है पूछ लिया है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आस्कर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो आस्कर पुरस्कार जो है वो मोशन पिक्चर आर्ट्स साइंसेज अकादमी के द्वारा दिया जाता है और ये कहाँ की है यू एस की है इसके द्वारा दिया जाता है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट के इसी से संबंधित आस्कर से संबंधित है आस्कर से संबंधित प्रश्न है ये इसमें कि इससे पहले भारत में किसको किसको ये आस्कर पुरस्कार दिया गया है तो देखिए ये भारत में है ये भानु अथैया पहले भारतीय हैं जिन्हें आस्कर पुरस्कार दिया गया और किस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है ये इसमें उन्नीस में एक फिल्म आई थी गांधी इसमें इन्होंने कास्ट्यूम का डिज़ाइन किया था तो उसके लिए इन्हें मिला था भानुवत हैया को कास्ट्यूम डिजाइन करने के लिए फिल्म गांधी के कास्ट्यूम डिज़ाइन के लिए मिला था और ये जो सेकेंड आस्कर मिला था किस भारतीय को तो उनका नाम है सत्यजीत रे और उनको कब मिला था उन्नीस सौ में और किसके लिए ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर इन्हें मिला था थर्ड इसमें फैक्ट है या पॉइंट किए <coughs> तीसरे नंबर पे हैं तीसरे भारती जो हैं उनका नाम है रेसुल पकुट्टी रेसुल पुकुट्टी हैं तो इनको स्लम डाग मिलेनियर के बेस्ट साउंड मिक्सिंग हेतु तो मिला था 2008 में स्लम डाग मिलेनियर आई थी और उसी समय इन्हें स्लम डाग मिलेनियर के बेस्ट साउंड मिक्सिंग हेतु तो मिला था और ये तीनों लोगों को एक साथ मिला था ये देखिए रेसुल पकुट्टी ये भी इससे हैं स्लम से ए आर रहमान ये इनको मिला है जय हो बेस्ट म्यूजिक कंपोज़र के लिए जय हो जो गाना था उसके बेस्ट म्यूजिक कंपोजर के लिए ए.आर. आर रहमान को मिला था और पांचवें नंबर पर गुलजार गुलजार को जय हो गीत के लिए मिला था तो आप लोग इन सभी तथ्यों को क्योंकि आज से आज मिला है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे तो आप लोग उसको ध्यान में रखिए या कहीं नोट डाउन कर लिया कीजिए अगर भूलने की संभावना हो तो नहीं अगर से याद हुआ हो या फिर बाद में रिवीजन करना हो आप लोगों को तो एक तो वीडियो देखकर भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं फास्ट मोट पे कर लीजिएगा और नहीं तो अपना नोट करिए नोट बनाइए और रिवाइज करिए उसको चलिए तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन यह है कि पोस्टर के नियम को अन्य और किस नाम से जाना जाता है पोस्टर के नियम को किस और इनाम से जाने जाता है तो देखिए ऑप्शन ए में है वायुमंडल में धूल कणों का प्रभाव ऑप्शन बी है दीप प्रभाव ऑप्शन सी है सूर्य की किरणों का प्रभाव और ऑप्शन डी है सीओ प्रभाव सॉरी फिर। ऑप्शन सी क्या है सूर्य की किरणों का प्रभाव और ऑप्शन डी है सी प्रभाव तो देखिए ये फोस्टर क्या है द्वीपों पर बड़े बड़े शरीर वाली प्रजातियों में कमी तथा तो छोटे शरीर वाली प्रजातियों की संख्या में वृद्धि ये क्या है ये फोस्टर है पोस्टर कहलाती है तो द्वीपों पर जो बड़े बड़े बड़े शरीर वाली प्रजातियां हैं उनकी संख्या में कमी देखी जा रही है और छोटे शरीर वाली प्रजातियां उनकी संख्या में वृद्धि तो ये तो इससे संबंधित बात रही इसका बेसिक लेकिन इस समय जो रिसेंट में है क्यों ये चर्चा में है वर्तमान समय में संप्रति काल में ये पोस्टर क्यों चर्चा में बना हुआ है तो ये है कि लोगों के आने से विलुप्त होने की दर दस गुना बढ़ गई है तो लोगों के आने से विलुप्त होने की दर जो है वो दस गुना बढ़ गई है जितने लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो ये जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की जो इनकी दर है रेट है वो बहुत ज़्यादा मतलब यानी बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है क्वेश्चन फोर में क्या है कि किंजल या टैगर क्या है किंजल या टैगर क्या है आप लोग इसके बारे में देखिए कि किंजल जो है या टैगर क्या है तो पहले नंबर पे है कि किंजल या टैगर जो है ये चक्रवात है चक्रवात है ऑप्शन बी में उपग्रह है और ऑप्शन सी है प्रक्षेपास्त्र ऑप्शन डी है हाइपरसोनिक मिसाइलें तो किंजल या टैगर क्या है किंजल या टैगर जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है इस किंजल या टैगर हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया इसी मिसाइल के माध्यम से हाइपरसोनिक मिसाइल के माध्यम से रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया था नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मैन ऑफ दीरीज सीरीज किसको मिला है मैन ऑफ दीरीज सीरीज किसको मिली है तो आप लोग देखिए ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए में है आर अश्विन ऑप्शन बी में है रविंद्र जडेजा और ऑप्शन सी में है विराट कोहली ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों तो आप लोगों के खिला समझ से ये कौन सा सही होगा कि बॉर्डर गवस्थ की ट्रॉफी किसको दी गई है तो बॉर्डर गवस्थ की ट्रॉफी देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ए अर्थात आर अश्विन और बी अर्थात रविंद्र जडेजा इन दोनों लोगों को ही ये मिली है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी और देखिए कुछ इससे संबंधित तथ्य हैं इसमें क्या है कि भारत जो है वो दो एक से जीता भारत जीत गया तो कितने से जीता दो और एक से जीता दसवीं बार ये भारत विजेता बना है इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं कि भारत लगातार दूसरी बार मतलब तो दस बार विजेता रहा है लेकिन लगातार जो होता है पिछले साल भी था इस बार भी था तो लगातार दूसरी बार भारत लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचा ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला तो ये आप लोग इसमें देखिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स और आप लोग हमारे एप्लीकेशन भी एग्जाम क्विक का आप लोग जाके एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों को इसमें परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारियाँ उपलब्ध हैं जो आप लोगों को आप लोगों की नीड है वो सभी को इसमें पूरा करने की कोशिश की गई है इसलिए फ्रेंड्स आज के लिए तय रह देते हैं कल फिर मिलेंगे आप लोगों से आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए परीक्षाएं नज़दीक हैं, हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए कल फिर मिलते हैं धन्यवाद दोस्तों जय हिंद